इंस्टाग्राम आईडी बनाए हुए हैं, उसका आपको पासवर्ड आपको नहीं मालूम चाह चाहिए दोस्तों सिंपल तो तरीके में हम समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि पासवर्ड कैसे आप मालूम कर सकते हैं दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करे दोस्तों चा...